प्यार नफरत में एक चीज़ कॉमन प्यार हो या नफरत एक ही चीज़ से चालू होती है वो है एक